हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल अर्थ टेक्निकल में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों तो कैसे हो आप सब बिल्कुल आज के टॉपिक है या विंडोज सेवन कैसे फार्म करें वो वी एस के द्वारा तो बिल्कुल चलिए चलते हैं सीधे सबसे पहले अपने पीसी को ऑफ करना है फिर एक पेन ड्राइव लगाना है जिसमें आप बुटेबल कर रखे हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको बुटेबल कैसे बनाते हैं तो बिल्कुल बुटेबल आसानी है बनाना दो मिनट के अंदर बना सकते हैं आप तो बिल्कुल उस को अपने पी सी में डालना फिर स्टार्ट करना F12 करके आप बोट करेंगे वोट करने के बाद ऐसा ये ऑप्शन खुलेगा जैसे ही ऑप्शन खुलेगा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज अपना यूनाइटेड स्टेट है कौन सा है तो अपना सबसे जरूरी होता है यूनाइटेड स्टेट जो हमारे इंडिया में वही लैंग्वेज चलती है यूनाइटेड किंगडम वाली नहीं चलती तो बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे स्टॉल का आएगा बटन स्टॉल पर क्लिक करना है वेट करते हैं दोस्तों देखिए सेटअप स्टार्टिंग हो रहा है तो बिल्कुल ऐसे ट्रिक वाले हैं पे देखिए आपका ऑप्शन खुल गया तो यहाँ से टर्म्स कंडीशन है तो यहाँ से आई एक्सेप्ट द लाइंस आइटम्स पे क्लिक करना है बिल्कुल पढ़ के टर्म करिएगा फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करेंगे एयर yeah, एक्स फिर यहाँ पर देखिए अपग्रेड अपग्रेड मतलब कोई लेटेस्ट वर्जन आप चढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके बारे में चढ़ाएंगे नहीं तो अगर मान लीजिए कोई दो का आपका है विंडोज सेवन दो हज़ार का चढ़ाना चाह रहे हैं इक्कीस का चढ़ाना चाह रहे हैं तो चढ़ जाएगा उस पर नहीं तो अगर न्यू चढ़ाना चाह रहे हैं तो कस्टम करेंगे फिर यहाँ पर आपकी ड्राइव खुल जाएगी जो जितना ड्राइव है उसी ड्राइव में हमेशा फार्मेट होता है तो बिल्कुल उस ड्राइव पर सेलेक्ट करेंगे फिर देखेंगे ड्राइव ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है डिलीट कर डिलीट करेंगे तो पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो पार्टिसिपेट करना छोड़िए सबसे अच्छा फॉर्मेट फार्मेट दिखाते हैं फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे आप तो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक दो जीबी नहीं होती है कम से कम बीस बाईस जी होती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद तो बिल्कुल देखिए खाली हो गई है अब उस पर क्लिक सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करके बिल्कुल देख लीजिए पूरी की पूरी खाली है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट कॉल ऑप्शन है सॉरी थो, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि मोबाइल से बनाना पड़ रहा है वीडियो तो फिर कह सकिए इंस्टॉलेसन शुरू हो गई है थोड़ा टाइम लगता है पहले वाले इंस्टॉल होने के बाद फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है फिर स्टार्ट होगा फिर चौथे के चौथे के बाद शायद हो जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग होता है फिर वहाँ पर अपनी वहाँ पर भी देता है अपना पी नेम वगैरह डालने का पासवर्ड वगैरह तो बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये जानकारी तो थैंक यू फॉर वाचिंग अगर कहीं जाएंगे तो सौ दो सौ देना पड़ेगा फार्मेट करना और सबसे आसान तरीका है बिल्कुल अपने ही फार्मेट कर लेंगे अपना पीसी तो अच्छी बात है बिल्कुल आप कंटेंट देखिए चालू हो गई है 4 हो गया सौ परसेंट होता है उसके बाद इंस्टॉल फीचर्स आते हैं उसके बाद रिस्टार्ट होता है पी फिर दो जो नीचे वाले हैं दो इंस्टॉलिंग अपडेट होते हैं जो आपके लेटेस्ट वर्जन होते हैं फार्मेट में सेटअप में वो इंस्टॉल होता है बिल्कुल डेल के पीसी का बता रहे हैं कोई भी पीसी रहेगा आपका बूट का ऑप्शन देता है एफ टू देता है या तो एफ टोल देता है दो ही ऑप्शन देता है जिसके लिए कोई बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है मान लीजिए एच का है तो एफ टू देगा और डेल का है तो एफ टोल और लैनबो का भी एफ़ टॉल भी देता है शायद सब का सबका एफ भी रहता है दो तीन का शायद ए का शायद एफ टू तो बिल्कुल यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया सेटअप स्टार्टिंग क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो फिर यूज़ करना पड़ता है वीडियो को बिल्कुल देखिए स्टार्ट हो रहा है अभी रिस्टार्ट होगा उसके बाद अभी देखेंगे लास्ट का जो, जो है अपडेट अपडेटन ये अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं सब बिल्कुल देखिए पीसी को टच कुछ नहीं करना है वो अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा फिर यहाँ पे कनेक्टिंग देखेंगे रिस्टार्ट का होगा कंप्लीटिंग इंस्टॉल होता अब इंस्टॉल हो रहा है जो पहले फार्मेट किया फिर लोड किया फिर इंस्टॉल कर रहा है तो थोड़ा इसी में टाइम लगता है क्योंकि इसको इंस्टॉल करना होता है पूरी सॉफ्टवेयर जितनी होती है छः सात जी की सॉफ्टवेयर होती है तो उसको इंस्टॉल करेगा अभी तो बिल्कुल भाई देखे थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्टॉलेशन का तो क्योंकि फ़ोन से बना रहा है तो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है हिल रहा है वीडियो इधर से उधर हो रहा है तो सॉरी उसके लिए थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है तो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों तो बिल्कुल देख लीजिए यहाँ से हो गया है बस यूज़ कर दिए वीडियो को ताकि लौंग ना हो अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तभी हम आपको दिखाएँगे देखे हो गया इंस्टॉल सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर स्टार्टिंग योर पीसी बिल्कुल योर कंप्यूटर लिखा है तो पीसी दोनों ये की बात हुई तो बिल्कुल स्टार्ट हो गया ये सिस्टम अब यहाँ के बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो भी इंस्टॉल करता है क्योंकि विंडोज स्टार्टिंग होती है इंस्टॉल होने के बाद तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है नहीं, फास्ट हो जाएगा बिल्कुल आसान सा तरीका है ही बिल्कु सही बिल्कुल फॉर्मेट कर सकते हैं विंडो टेन चढ़ाना चाह रहे हैं विडूम से कोई भी विंडोज चढ़ाना चाह रहे हैं बुटेबल के द्वारा तो चढ़ा सकते हैं डीवीडी से और भी आसान होता है अगर डीवीडी से चढ़ाना चाह चारा रहे हैं तो अगली बार हम आपको बताएंगे अगली विडियो में डी से कैसे चढ़ाते हैं लेकिन डी से बेटर ये होता है डी थोड़ा ये रहता है उसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं इंस्टॉल और बुटेबल में कुछ नहीं सॉफ्टवेयर ही लेता है जिसकी ज़रूरत रहती है फालतू तो की सॉफ्टवेयर नहीं लेता वो बिल्कुल का ही जैसे आसानी से कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है देखिए बिल्कुल चेकिंग कर रहा है अपना सॉफ्टवेयर जो है वीडियो परफॉर्म देख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से देखिए आपका आ गया पीसी नेम जो भी पीसी आपको डालना है वहाँ पे डाल दीजिएगा अपना पीसी नेम ये जो नीचे पी लिखा है वो पी आता नहीं है जो ऊपर लिखेंगे वही आएगा इसलिए ऊपर ही पूरा नाम लिखिएगा जो भी लिखेगा तो बिल्कुल यहाँ से आप सबसे पहले नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने पर आपको टाइम डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा अभी आप आगे देखिएगा देखिए यहाँ से खुल नेक्स्ट हुआ अब पासवर्ड आपका मांगेगा यहाँ पे। देखिए पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा तो है ज़रूरत है तो पासवर्ड डालिए नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए कैप्स ऑन है तो बिल्कुल वो बताता है कैप्स ऑन है के मतलब कैपिटल लेटर में लिखे जाएगा यहाँ पे पासवर्ड तो इसलिए रिमांडर रिमाइंडर कर रहा है फिर देखिए यहाँ पे ट्विटर की मांगती है ये जरूरी नहीं होता अगर आप ख़रीदेंगे जब विंडोज तभी मिलता है तो इसको स्किप करना है फिर यूज रिकमेंडेड सेटिंग इंस्टॉल इंपोर्टेड अपडेट ऊपर वाले पे करना है क्योंकि वो रिकमेंडेड जितने उसकी ज़रूरत है उतनी इंस्टॉल करेगी यहाँ पर बहुत सारे इंस्टॉल करेगा तो बिल्कुल यूटीसी देखिए यहाँ से अपना टाइम जो होता है दूसरे कंट्री का उठाता है अपनी कंट्री का टाइम सेलेक्ट करना है तो बिल्कुल नीचे आएंगे इंडिया कहाँ पे देखेंगे कोलकाता दिल्ली ये वगैरह लिखा रहता है चलिए दिखाते हैं हम आपको कहाँ पे लिखा है देखिए लिखिए लिखा है आपका चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली इस पर करना है बिल्कुल डेट आज की सही है तो बिल नेक्स्ट करेंगे अब देखिए विंडोज सेवन इंस्टॉल हो गया आपका अब रेडी होगा अभी फिर एक बार स्टार्ट होता है पी देखिए अब स्टार्ट हो गया तो देखिए वेलकम कर रहा है। तो बिल्कुल आसान से तरीका ऐसे कर सकते हैं आसानी से तैयार हो रहा है प्रिपेरिंग और डेस्कटॉप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपको हम बताते हैं आपका रेजुलेसन जो होती है डिस्प्लेस की साइज बड़ा करने के छोटा करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े आइकन आ रहे हैं जो है तो इतने में आप अच्छा ना लगेगा दो चार ही भी टास्क नहीं एड पा कर पाएंगे टास्क बाहर पर जो भी विंडो होंगे खोलेंगे तो बड़े बड़े देखेंगे तो इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना होता है डेस्टॉप पर देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्रीन रेजुलेशन इस पर क्लिक करेंगे ऊपर तीसरा नंबर पर जी बिल्कुल ए वाला है तो देख लीजिए अच्छे से स्क्रम रेजुलेसन पे क्लिक करना है ऑप्शन खुलेगा ये ऊपर वाला तो कुछ नहीं छेड़ना है ऊपर वाला वैसे सेम रहता है बस ये जो साइज़ दिया है रेजुलेशन 800 वाला 800 हंड्रेड इंटू तो सबसे ऊपर वाले पे करना है 1200 सौ वाले पर बिल्कुल तो अप्लाई पहले करेंगे फिर ओके करना है ओके करने के बाद आप देखेंगे रिवर्ट मतलब वापस होता है कीप चेंज मतलब जो आप किए हैं वही रखने रखें तो बिल्कुल कीप चेंज पर क्लिक करना है तो बिल्कुल आप देखेंगे स्क्रीन का साइज छोटा छोटा हो गया सब बड़े हो गए स्क्रीन साइज बड़ा हो गई आइकन छोटे छोटे हो गए तो बिल्कुल आसान सा ऐसे आराम से अपने लैपटॉप को फार्मेट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और बिल्कुल अपना कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर आपके रेस्टापे सो नहीं करो तो बिल्कुल विंडो पर क्लिक करना है विंडो पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे वहाँ से सो सोयो डेस्क टॉप लिख करेगा तो उस पर क्लिक करना तो डेस्टॉप पर आ जाएगा वो आपका पीसी तो बिल्कुल आसान से तरीका है तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो धन्यवाद